एक नगर में एक राजा रहा करता था राजा जब भी महल के बाहर जाता था हमेशा अपने घोड़े पर था। एक बार वह अपने नगर को देखने एवं की समस्याओं सुनने के लिए था पर मतलब उस समय छुते नहीं हुआ करते थे। इसलिए जमीन पर कंकड़ और कर राजा के पैर रखने लगे राजा ने इस समस्या के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक किया ज्यादातर मंत्रियों ने यह सुझाव दिया <dificil Good morning> कि क्यों न पूरे नगर में ही चमड़े की से दिया जाए लेकिन इसके लिए बहुत सारे धन एवं संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, थी तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़े की परत से ढकने से अच्छा है क्यों तो न हम अपने पैरों को चमड़े की परत ऐसी ढकते इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे बल्कि ज्यादा धन भी खर्च नहीं होगा सिपाही का यह सुझाव